नमस्कार दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक खास चीज़ कोयला कोयला पूरी दुनिया में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और कोयला दो प्रकार का होता है एक तो जो ज़मीन से निकलता है प्राकृतिक कोयला जिसको बोलते हैं और एक होता है लकड़ी से बनाया गया कोयला ये है वो कोयला जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था और उस वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया था इसी पर आज हम एक बार फिर से ये चर्चा लेकर के आए हैं आइए आपको दिखाते हैं ये कोयला जो लकड़ी से तैयार होता है इसकी एक खास विधि होती है और उसी विधि के अंतर्गत जो है ये बनाया जाता है ये बोरियो में इस समय भरा हुआ है और ये प्रेस करने में भी काम आता है और विवाह शादियों में जो खाना बनाया जाता है उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है और कोयला से दंतवंजन भी बनाया जाता है बहुत सारी चीज़ें इससे जो है बनाई जाती हैं ये है कुपनुमा इसका क्या कहते हैं ये इसके बारे में भी हम जानेंगे यहाँ हमारे जो एक्सपर्ट हैं जिनकी ये जगह हैं और ये फैक्ट्री है जहाँ कोयला बनाया जाता है इस कोयले के बारे में भी हम जानकारी लेंगे और इन भट्टियों के बारे में भी जानकारी लेंगे इनके अंदर कोयले को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है इनके जो लकड़ियाँ होती है ताज़ा लकड़ियाँ जैसे ये है लकड़ियाँ इनको छोटे छोटे टुकड़ों में या पूरा उसके अंदर भट्टी के अंदर इनको लगाया जाता है और फिर आग लगा दी जाती है और फिर धीरे धीरे जो है उस आग को इस तरह से लगाया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन हल्की हल्की पहुँच जाए ताकि पूरी धधक ना जाए आग और धीरे धीरे जो है धुएं में धुआं जो है वो जलता रहे उठता रहे उसमें और वो कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा उस गर्मी से तापमान से लेकिन पूरी तरह से आग जो है वो नहीं जल पाएगी तो आइए जानते हैं हैं इसके अभी हमें नहीं पता है उनको हमने बुलाया है तो वो आ रहे हैं और इसके बारे में जो बताएंगे ये भट्टिया हैं, अलग अलग भट्टियाँ हैं और काफी जटिल प्रक्रिया होती है इसकी काफी लंबा समय लगता है हाँ जी क्या नाम है जी आपका सुनील। थोड़ा ऊंचे आवाज में बात करनी पर सुनील कुमार सुनील कुमार जी आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं तो दो अच्छा पहले ही भट्टी चली थी हमारी दो तो तीन साल बीच बंद कर दी लकड़ी के कारण अच्छा अच्छा लकड़ी की कमी आ गई थी तो लकड़िया तो बहुत काटी जाती है लोग बहुत बेचने के लिए भी आते हैं फिर कमी कैसे आ गई लकड़ियों तो तो अच्छा ये जो भट्टिया है इनको क्या बोलते हैं भट्टी बोलते हैं है? अच्छा तो इसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा समझाएंगे कैसे ये बनाई जाती है क्या इसको बोलते हैं इसको भट्टी बोलते हैं लोग बाहर से आते हैं अच्छा लोग इनको पंद्रह सौ रूपए दो हजार और लकड़ियाँ तो तीस क्विंटल डाली जाती पाँछ है पाँच क्विंटल जो कोयला है वो बाहर निकल करके आएगा तो थोड़ा इसकी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कैसे इसको डाला जाता है कैसे इसको आग लगाई जाती है पूरी बताए आप जैसे ये दिया ये, जैसे दिया, हाँ जी आग पड़ती है अच्छा इधर से आग हम्म तो से, से आग पड़ती है अच्छा यहाँ से आग लगानी पड़ती है, है। हाँ तो इसमें क्या पेट्रोल वगैरह डालते हैं क्या डालते हैं नहीं नहीं बस लगती है इसमें तो लकड़ियों के साथ कुछ तो ऐसा होता होगा जो मतलब आग को पकड़ता होगा उसमें आग दो अंगारे देते हैं उसके बाद निकल जाता है अच्छा ये फिर अपने आप यहाँ से पकड़ लेता है हाँ जी हाँ जी अब ये, ये गिल्ली है आ, अभी अभी बंद नहीं तो अच्छा अभी आग दिया इसमें इससे अच्छा ऊपर दो दो अंगारे बस इससे आग पकड़ लेती है ये भी पेट्रोल अच्छा ये ए, किसी चीज में कोई केमिकल होता है या कैसे ऊपर तो तो दो अंगारे भी रख दिए ना लगती, तो आग लगती है तभी इस तरह अच्छा अच्छा और वो अपने आप अंदर जलता जाएगा ये कोयला लग, कोयले की तरह जलता है तो अंदर अंदर ये आग लगती है या ये धुआं सा कैसे दिखाई दे रहा है अच्छा जैसे पाँच किलो लकड़ी जला दिया बंद कर दो अच्छा धुआं ही होता है लगभग इसमें ये समझो पूरी द, आग धधकती नहीं है नागती है, हाँ हा। है सात आठ दिन लग जाते हैं तो ये धुआं उठता है प्रदूषण नहीं होता है इसमें धुआं थोड़ा ही होता है ना इसमें अच्छा खड़े धुआं पता ही नहीं चलता अब तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा मर रही है अच्छा जो एक जमीन से कोयला निकलता है आ, उसके मुकाबले इसकी डिमांड कितनी है इसकी जी खरीदते हाँ इस है इसको अच्छा ठीक अच्छा। तो है ये बस यहां खो ये चीज को जो यहाँ हाँ। हाँ से तो जाएगी दोस्तों ये प्रक्रिया एक और है इसकी की ये देखिए छोटे छोटे सुराख यहाँ पर बने हुए है इन सुराखों में क्या रहता है की आर पार है ये दीवार के इस साइड में भी सुराख हैं ये एक ये देखिए ये भी सुराख है और यहाँ पर भी सुराख हैं इनको खोल दिया जाता है ताकि हवा जो है अंदर जाए ऑक्सीजन अंदर जाए और धीरे धीरे एक होमस बन करके और ये पूरा अंदर लकड़ी को जो है धीरे धीरे सुलगाती रहती है और एकदम लकड़ियां नहीं जलती हैं ये धुआँ जो है गर्म करता रहता है उन लकड़ियों को और ये कोयले बनने की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है अच्छा जो आ, आपका नाम क्या है जी बात जी देवराज देवराज जी ये लकड़ियां फिर आप कहाँ से लेते हैं ये तो मंडी से मंडी से।, जी, से जी, तो कितना खर्चा इन लकड़ियों में पड़ता है और कोयला कितने रुपए का तीस क्विंटल लकड़ी इसमें डाली जाती है जी। 30 क्विंटल लकड़ी आपकी कितने की पड़ जाएगी तीसल बैठ जाएगी जी बारह बारह बारह हजार की जी। और कोयला कितने का निकल जाएगा तेरह जाएगा तो फिर इसमें तो बचा तो कुछ भी नहीं है आपका एक हजार बचा आँजी। आँजी। तो इतने में आपकी दहाड़ी कैसे निकलेगी और कैसे फैक्ट्री का जो मालिक है वो इसको आ, उसका खर्चा निकालेगा वो भी से अच्छा मन, दो सौ आप लोग अच्छा ठीक है नहीं लकड़ी आपको मेरे ख्याल में तो महंगी पड़ रही है लकड़ी लकड़ी महंगी पड़ रही है इस तीन लकड़ी जी अच्छा जी जी ठीक है इसे सकते है ओके और खड़ी भी अच्छा। कोई नहीं, ऐसे ही अच्छा। जी। तो ये अंदर से देखते है दोस्तों आ, ये भट्टी है पूरा ऊपर से देखिए कैसे काला हुआ है और ये आपको दिखाते हैं इसके अंदर का जो हिस्सा है हालांकि कैमरा अंदर थोड़ा सा मुश्किल से जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये पूरा लकड़ियाँ पूरी साबुत लकड़ियाँ जो है वो इसके अंदर इन्होंने जचा रखी है ये देखिए और ये इसका मेन दरवाज़ा है और यहाँ से जो है कोई भी व्यक्ति अंदर जा कर लकड़ियों को इकट्ठा खड़ा करके उसमें जो है जचाएगा उसमें सेट बैठाएगा और फिर जो आग लगाने की प्रक्रिया है वो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से शुरू हुई है ये देखिए यहाँ से इसके अंदर से आग लगाई जाएगी तो कोयले की जो दो छड़ हैं वो इसमें रखी जाएगी और उस पर सुलगता हुआ कोयला जो है रख दिया जाएगा तो वो पूरी की पूरी छड़ जो है वो अंदर चली जाएगी और आ, क्योंकि वो उसके अंदर भी एक ऑयल की तरह होता है कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन आपको पता है कि कितना जल्दी सुलगता है और ये कोयला जो है जल करके और फिर जो है अंदर आग लगा देता है और उसके बाद कोयला बनने की जो है प्रक्रिया बस शुरू हो जाती है आइए आगे, आगे चलते हैं ये देखिए धुआं तो निकल रहा है और जो सुराख आपको दिखाया था और ये देखिए जो कोयला बन करके तैयार हो जाता है वो यहाँ गाड़ी में डाल दिया जाता है और फिर ये यह यहाँ से जो है अलग अलग जगह पर जैसे रेस्टोरेंट है होटल है ढाबे हैं वहाँ पर ये पहुँचेगा और हरियाणा में खासकर हुक्के वाले जो हैं वो पहले तो ऐसा रहता था कि लकड़ियों से खुद ही कोयला बनाते थे लेकिन अब जमाना थोड़ा तेज़ हो गया है और बहुत ज़्यादा लोगों के पास समय नहीं रहता था इसकी वजह से जो बना बनाया कोयला है वो लोग खरीदने लग हैं तो आइए जानते हैं ये थोड़ा इसका ये कहाँ जा रहा है ये बाज़ार में ये अच्छा कोई ले डिमांड कहाँ कहाँ तक रहती है आपकी उसकी डिमांड तो बहुत है पर हम मार्केट में बेचते इसको केवल सिरसा में बेचते हैं हम तो ये कितने रुपए किलोग्राम तक चला जाता है आपका लगता जा है जे तक तो सता रुपये जा रहा है सताईस रुपये किलोग्राम तो किलो के हिसाब से ठीक है तो सिरसा में आ, कौन कोई एक आ, कोई ठेकेदार होता है या कैसे बेचने का, तो का क्या है मार्केट है इसके पर बेचते हैं कुछ लोग तो कुछ खरीद के तरह दिल्ली हैं। दिल्ली इस तरह फैक्ट्री रहे हैं। दिल्ली जाता है तरह बोला। सारा कोयला जाएगा ये इस तरह की फैक्ट्री है सिरसा में और भी है इस तरह की? ये कोयला बनाने की हाँ जो ये इसी रोड के ऊपर आगे आती है ठीक है दो तीन पर तो आप लोगों के पास कितनी भट्ट हैं यहाँ पे सात सात भटियाँ हैं तो इन सात भट्टियों से आप लोग सात आठ दिन में अगर एक भट्टी का हिसाब लगाया जाए टोटल किया जाए तो सात हजार रुपये आप एक हफ्ते का निकाल लेते हो इसमें से भट्टी बरतते हैं एक दिन में भट्टी रहती है अच्छा रोज एक भट्टी रहते हैं रोज एक बट्टी निकल जाती है ठीक है यानी हजार रुपए रोज के हो गए तो हम्म अलग अलग कोयला जो निकलता है उसमें क्वालिटी किस हिसाब से आप बनाते हैं जैसे अलग अलग उसको डिवाइड कैसे करते हैं इसमें तीन चार तरीके की होती है इसके अंदर। तो अच्छा कौन ये सा है फैक्ट्री है? में जाता है दिखाओगे थोड़ा तो ये नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। चलो देखते हैं दोस्तों अभी कैसे इसको अच्छा इसमें रोल है ये देखिए दोस्तों कोयले का जो असली कोयला है ये देखिए इस तरह से सूखा रोल है पूरा ये ये आग जल्दी पकड़ता है हाँ। ये देखिए पूरे के पूरे जो पेड़ हैं और उसकी टहनिया है वो पूरी कोयले में कन्वर्ट हो, हो चुके हैं ये देखिये इसको कोई तोड़ा नहीं गया है और ये पूरी की पूरी जो है कोयले की डिमांड है दिल्ली तक है और ये सारा दिल्ली जाएगा आपका पहले सिरसा जाएगा और अच्छा, वहा से दिल्ली नहीं अच्छा सिरसा से दिल्ली भी बेचते है वो लोग वो आगे बेचते हैं अच्छा ये टूट भी जाता है टूट भी जाता है और फिर वो कहाँ बिकता है कचरा होता है वो हुके वाले ले जाते हैं ठीक है और वैसे ये क्या क्या चीज में काम आता है ये में आता जी हो हाँ हाँ। -पेर गया हमने पार सुना है इसका कोयले का दंतमंजन वगैरह भी बनाया जाता है हां जी और भी कामों में आता, ये। जी, बहुत फरिक्ट्रिम, फरिक्ट्रिम का आता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ की इसका जो कार्बन की मात्रा है और वाटर होल्डिंग का बहुत अच्छा इस ये एक प्रकार से बेस है वाटर होल्डिंग के लिए ज्यादातर जहां अर्थिंग वगैरह की जाती है अर्थ यानी जो जमीन के अंदर कॉपर की तार डाल के अर्थ किया जाता है वहां पर इसका प्रयोग भी होता है और दंतमजन वगैरह बनाए जाते हैं है। और जमीन के अंदर भी इसको डाला जाता है और जमीन के अंदर जहां तक हमारा अनुमान है कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए शायद इसका प्रयोग होता है ए दोस्तों हुक्के वाला कोयला है इसका प्रयोग हुक्का जो है हरियाणा का मशहूर है जहां लोग चाय और हुक्के का कश लगाते हुए आपको नज़र आएंगे उसमें ये प्रयोग होता है वहाँ पर इकट्ठी हुई है पपड़ी ये जो पेड़ होता है उसका जो जिसको हम स्थानीय भाषा में छोड़ा बोल देते हैं आ, छिलका जिसको कहते हैं वो पेड़ का छिलका होता है वो यहाँ पर जो है अलग हो जाता है अपने आप जलने के बाद में क्योंकि वो सख्त होता है और तिड़ जाता है उसके बाद में ये पपड़ी इस पपड़ी को कहाँ यूज़ करते हैं जी लोहार देख जाते हैं अच्छा लोहार हाँ लोहार लोहार दोस्तों लोहारों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि लोहार जो ए, लकड़ी का, का काम करने वाला जो है वो अलग होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला अलग होता है लोहे का काम करने वाला लोहार होता है और लोहार इसमें इसको आग जलाते हैं और उस आग पर लोहे को तपा करके उसको किसी सांचे में ढालते हैं तो उसमें इसको लोहे को तपाने के लिए इसका उपयोग होता है तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे और आपको अगर कोयले की ज़रूरत है कहीं पर भी पूरे देश भर में तो और खासकर जो सिरसा के आसपास के लोग हैं उनको अगर चाहिए कोयला या कोयले से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं कुछ भी ऐसा हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे मैं इनका नंबर देता हूं आपको आप अपना नंबर बोल दीजिए बयासी नौ सौ छप्पन इक्कीस ये कौन होंगे यहाँ पे कौन होंगे इस पे सुनील कुमार है जी ओके ठीक है जी कोयला लेने के लिए क्या नाम आपका अच्छा राजगंज इस कोयले का आप क्या करेंगे आओ उसमें जिले में डालने के लिए अच्छा एक बात बताइए क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे शायद कोयले का ब्याह शादियों में और कहाँ कहाँ कोयले का प्रयोग होता है ब्याह में खाना बनाते हैं उस टाइम ये प्रयोग होता है अच्छा जी बाकी में प्रयोग होता है अच्छा एक चीज़ और बताइए की जो जमीन से निकलने वाला कोयला होता है जो बड़े डलों में आता है उसके मुकाबले ये जल्दी चलता है या कैसे बढ़िया होता है ये में और खाने में वो कोयला नहीं चलता जो तो ज़मीन से निकलता है हाँ जी हाँ जी। इसमें तो ये ही चलता है। अच्छा इसके खाने में टेस्ट होता है या आँच ज्यादा होता है कैसे पहले तो पुराने टाइम में तो ये होता था की खुद ही चिलम जलाने के लिए जो है आग जलाया करते थे और अब टाइम सरल करने के लिए शायद कोयला लेकर के जाते है ना यही बात सुविधा जनक हो गया सुविधा हो जाती है आगी, आगी। भी हाँ जी हाँ ठीक है जी शुक्रिया